सरस्वती नमान शरणागत रक्षा करे भक्त रहे मैं आई आपकी शरण हे मातुली जिय सरस्वती महाभद्रा पुस्तक तो ज्ञान मुद्रा रमा चंद्र चंद्रेखा विभूषिता सावित्री सुर सावी दिव्य अलंकार घूषिताग देवी बंधाती सौदा सुधा सुबास सुना सुधामूर्ति सुबद्र सुभाषिमोचना महाशया महामाल च महाभोग महाभुजा महाभागा महोत्साह दिव्यांग विद्या विशाला शी ब्रह्मजाया महाफला रात्मिका रक्त का मुंडे एक साम्या सुर असुर रिहतीमस्कृता काल रात्रि कलाधारा रूप वाग सौभाग्यी चौह द्वारा ही वारी चित्रांधा कांता काम प्रदा विद्याधर सुर पूजिता श्वेतासना चतुर्वर्ग फल प्रदा चतुरानंद साम्राज्य रक्त मध्या निरंजना नील जनता ब्रह्मा विष्णु शिवात्मका एवं सरस्वती दिव्यार नमः महासरस्वत नमः शरणागत रक्षा करे